श्वेता तिवारी उस टाइम काफी सुर्खियों में थीं जब उनका एक बयान वायरल हुआ था उनका कहना था कि उनकी का साइज़ भगवान ले रहे हैं दरअसल वो बात कर रही थी उनके को स्टार सौरभ राज जैन की जो कई अलग अलग सीरियल में भगवानों के किरदार में नजर आए हैं जी हाँ पर एक वेब सीरीज में वो ग्राफिकिंग विशेषज्ञ के रूप में नजर आए थे उस टाइम ब्रा को लेकर श्वेता तिवारी सुर्खियों में थी और अब उनकी बेटी पलक तिवारी सुर्खियों में है अपने ब्रा लाइफ टॉप को लेकर देखिए कुछ तस्वीरें